असफलता असफलता असफलता एक ऐसा शब्द है है जिसे इस दुनिया दुनिया का कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता लेकिन सच यह कि दुनिया के अधिकतर लोगों ने को जाने अनजाने में अपना अच्छा दोस्त बनाया हुआ है बहुत से लोगों को असफल होने की आदत हो गई है आज आप अपने चारों ओर नजर डालिए आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो असफल है और असफल होना उन्होंने अपनी आदत बना लिया है या यह कह सकते हैं कि सफलता को उन्होंने अपना अच्छा दोस्त बना लिया है असफलता एक ऐसा दोस्त है जो बहुत ईमानदार है जो व्यक्ति असफलता को अपना दोस्त बनाता है असफलता उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है जब तक उससे दोस्ती करने वाला व्यक्ति उसे न छोड़ दे मैं आपको बता दू की यहाँ असफल व्यक्ति से मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं है जो बहुत गरीब हो बहुत तनाव में हो और उसे कोई बहुत बड़ा फेरियल मिला हो यहां सफल व्यक्ति व्यक्ति से से मतलब उस से है जो आज तक वह कार्य सही तरीके से शुरू नहीं शुरू ही ना कर पाया हो जिसे वह अक्षे बनाकर कार्य करना चाहता था इस दुनिया में ऐसे सफल लोग बहुत ज्यादा हैं। अब प्रश्न यह है, है की एक ऐसी चीज असफलता जिसे कोई पसंद नहीं करता लेकिन फिर भी वह दुनिया के अधिकतर लोगों के पास है क्यों? ऐसा, ऐसा इसलिए क्योंकि उन अधिक अधिकतर लोगों लोगों के लोगों ने अपने अंदर कुछ ऐसी आदतें डाल ली जो असफलता को बहुत पसंद है आपकी आदतें ही यह निर्णय करती है कि आपकी दोस्त असफलता सफलता से होगी या असफलता से होगी आपकी आदतें से वहाँ टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आया पता चलता है कि आप शिखर की ओर जाएंगे या पतन की ओर जाएंगे लोगों ने ऐसी आदतें बनाई हुई है जो असफल असफलता के लिए चुंबक का कार्य करती है अब इस चुंबक के गलत आदतें को लिए हुए यदि कोई व्यक्ति इस धरती पर आता है और चाहता है कि उसे सफलता मिले तो ऐसा संभव ही नहीं है अधिकतर लो, लोगों में ऐसी आदतें मौजूद मुझ, हैं यही कारण है कि दुनिया के टेन परसेंट लोगों के पास दुनिया के नब्बे परसेंट दौलत है और नब्बे परसेंट लोगों के पास दस परसेंट दौलत है कारण क्लियर है कि ऐसा क्यों है बहुत सी ऐसे आदतें जो असफलता को चुंबक की तरह अपनी ओर घिंचती है उसमें से एक ऐसे आदत है जो चुंबक बनी गलत सभी आदतों को आदतों की लीडर है क्या आप उस लीडर है? आदत के बारे में जानना चाहेंगे दोस्तों उस लीडर आदत का नाम है टाल मोल की आदत यह एक ऐसी आदत है जो महामारी की तरह लोगों के दिल और दिमाग में बसी हुई है यह एक ऐसी लीडर, आ, लीडर आदत है जिससे अधिकतर लोगों को अपाहिज बनाया हुआ है यह कैसे अपाहिज जो चल तो सकता है लेकिन बैसाखी के साथ वह देख तो सकता है लेकिन निराशा नाम के के चश्मे साथ वह हर काम काम कर कर सकता है, जो है, जो साधारण इंसान करता लेकिन यह यह इस सोच के साथ काम मैंने पहले या समय रहते कर लिया होता तो आज मैं वह वहां वहां होता वह होता जो बनने के लिए मैंने सोचा था नेपोलियन हिल ने अपनी 20 साल की रिसर्च में सफल लोगों का अध्ययन किया इस रिसर्च में उन्होंने सभी सफल लोगों को एक आदत को पाया कि वह आदत ही तुरंत निर्णय लेने की आदत सफल लोगों की यह आदत आदत असफल लोगों की लीडर से ठीक उल्टी है जहां असफल लोगों की लीडर आदत का नाम टालमोल की आदत है वही सफल लोगों की लीडर आदत का नाम तुरंत निर्णय लेने की आदत है एक और, एक और केवल आदत इंसान को या तो सफलता के शिखर तक पहुंचा तो देती है या फिर उसे गुमनामी के देश में ले जाती है अब आप बताओ कि आपको कौन सी आदत थे? को अपना दोस्त बनाना है टालमोल की आदत या तुरंत निर्णय लेने की आदत मुझे मालूम है कि आप तु... तुरंत निर्णय लेने कि आदत को अपना दोस्त थे? और अपना हम सफर बनाना चाहोगे तो टालमोल की आदत छोड़ना चाहते हो तो मुबारक हो देर किस बात की है आज आज ही और अभी अभी ऐसा कोई निर्णय निर्णय लीजिए लीजिए। जिससे आपका आने वाला कल आज से अच्छा हो सके। जी हाँ, यदि या, आपने निर्णय ले ही लिया है तो कृपया आप हमें और हमारे दर्शकों को भी बता सकते हैं कि आप अपना कल अच्छा बनाने के लिए आज क्या निर्णय लिया है आप आप अपने इस मूल्यवान निर्णय को नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अब यह निर्णय आपका है कि आपने अभी कोई निर्णय लिया है या नहीं यदि लिया है तो सफल लोगों की लिस्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं और यदि निर्णय नहीं लिया है तो करियर के लिए आपने टालमोल की आदत को अपना दोस्त बना रखा है जो भी हो यदि किसी इंसान को सफल होना है तो उसे आज और अभी निर्णय लेना ही चाहिए तुरंत निर्णय लेने की आदत केवल एक है? आदत नहीं बल्कि यह ऐसी शक्ति शक्ति है जिसका उपयोग उपयोग करके करके इतिहास में बड़े-बड़े साम्राज्य बनाए गए। इन इसी का करके इस धरती पर नए नए आविष्कार हुए और आज भी हो रहे हैं एलन मस्क ने समझा कि आज दुनिया को किस चीज की जरूरत है जब उसकी समझ में आया कि किस की किस चीज की जरूरत है तो उसने तुरंत उसे बनाने का निर्णय लिया और आज टेस्ला दुनिया का नंबर इलेक्ट्रिक कार है। किसी भी कार्य को को तब तक तक टालना, टालना जब कि काम को टालना एक गलत आदत ना बन जाए, इससे ज्यादा तुम्हारी गलती किसी भी इंसान के जीवन में कोई नहीं हो सकती लेकिन आज आप आपके लिए खुशी की बात यह है कि टालने की इसे गलत आदत को बदला भी जा सकता है और साथ ही तुरंत निर्णय लेने की आदत को थोड़ी प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिक कर प्रैक्टिस के साथ अपनाकर एक अच्छा दोस्त बनाया भी जा सकता है लेकिन कैसे टालमोल की कीला, कीला को कैसे छोड़े आइए टालमोल आप टाल छोड़ तुरंत निर्णय लेने की आदत को अपना सकते हैं टालने की आदत छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है निर्णय लेने की आदत क्योंकि दोस्तों ऐसे दूसरे के विपरीत इसलिए यदि निर्णय शुरू करोगे तो काम को टालना खुद छूट जाएगा सबसे पहले छोटे छोटे निर्णय लेना शुरू कीजिए बाद में यही छोटे निर्णय आपको बड़े निर्णय लेने को मोटिवेट कर देंगे यदि आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं और काफी समय से इसे टाल रहे हैं तो एक छोटा सा निर्णय लीजिए कि कि कल से आप सिर्फ मिनट मिनट तक कोई कोई भी भी एक्सरसाइज करेंगे मुझे लगता है है इस इस निर्णय को पूरा कर सकता है। इस एक के धीरे-धीरे आपको बढ़ाते जाना है सबसे अच्छी बात आपको समय बढ़ाने के लिए प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा बल्कि यह एक्सरसाइज टाइम खुद यानी बिना प्रयास के बढ़ जाएगा एक्सरसाइज टाइम बिना प्रयास के इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ आपको अपने ही किए कार्य एक मिनट कसरत से प्रेरणा मिलना शुरू हो जाएगा इस तरह से आप किसी भी कार्य को टालना छोड़ सकते हैं। ऊपर बताए गए तरीकों से तरीकों के एक निर्णय कार्य है जो नियम है नियम यह है कि आप बहुत ने कम समय के लिए कोई काम करने का निर्णय लेते हैं, तो आप उसे पूरा कर ले, लेते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा आसान होता है बाद में यह आपको इसी कारण से प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाती है और आप उसी वजह से वही काम करने में ज्यादा लगते हैं यानी मैंने एक परसेंट किताब से लेकर आपको बताया यदि आप चाहें तो यहाँ सेल्फ हेल्प बुक के मार्केट से जाके खरीद कर पढ़ भी सकते हैं तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और तो चलिए और चलते हैं फिर मिलेंगे जब तक जय हिंद